जिस मन मुखर सुहाई बरन और कृपर बिमन जसु जो दायक फल चार बुद्धि नतन जय राम जयपेश रामदू लतुलित बलिम पंजगित श्री बदन तेजव्रता श्रीपति कंठ लगा संकालिक नारद सा is na ke da jab tan na तुम्हें तुम्हारे पास सदार रघुपति जी जी I'm not afraid.